छतरपुर में एक हादसा हो गया जहां ग्यारह हजार वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया तार टूटने की वजह से एक महिला सहित पांच गायों की मौत हो गई है वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है खजुराहो के खर्रोही गांव में ग्यारह हजार वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से एक हादसा हो गया करंट की चपेट में आने से एक महिला सहित पांच गायों की मौके पर ही मौत हो गई वही पचपन वर्षीय श्री राम यादव घायल है जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है